भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि सीहोर में महिलाओं के लिए मार्केट बनाया जाएगा उन्होंने कहा मैंने स्थल का निरीक्षण किया है अब जल्द से जल्द यहां मार्केट बनाने का काम शुरू किया जाएगा साधवी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने महिलाओं के मार्केट के लिए जगह देखी और जगह मैंने तय कर दी है मार्केट के लिए पैसे सेंशन होते ही मार्केट बनाने का काम शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा की मैं खुद एक महिला हूँ महिलाओं की पीड़ा अच्छे से समझ सकती हूँ इसलिए महिलाओं की सुविधाओं के अनुसार मैं इस मार्केट को बनाना चाहती हूँ जिसमे महिलाएं अच्छे से अपना रोजगार चला सके पैसा कमाएं घर गृहस्थी चलाएं और देश में उनका योगदान हो रोजगार के लिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसके लिए मैं यहाँ जगह देखने आई थी कि एक मार्केट महिलाओं के लिए बने तो वो मार्केट के लिए मैंने जगह देखी और ये जगह मैंने तय कर दी अब जगह आज देख ली है ऐसा सेंक्शन होगा और उसको मार्केट जितना बनने में समय लगेगा वही समय लगेगा बाकी एक महिलाओं के लिए एक मैं महिला सन्यासी हूँ लेकिन महिला शरीर हूँ और इसलिए महिलाओं की पीड़ा भी मुझे मालूम महिला है महिलाएँ अपना समझ के मुझे कहती हैं, उनकी पीड़ा भी मुझे है इसलिए मैं इस मार्केट को उस तरह का बनाने वाली हूँ वो अपना रोजगार अच्छे से चलाएं और सम्मान के साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज